वेल well, कौन कहता है कि पैसे से खुशी नहीं आती अब जरा इमेजिन कीजिए आप सुबह सुबह उठे और आपके मोबाइल फोन में एक नोटिफिकेशन आए कि चार लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए कैसा लगेगा आपको हो सकता है, पहले तो आपको विश्वास ही ना हो आपको लगे मजाक चल रहा है क्या कि अनएक्सपेक्टेड आपने सोचा भी नहीं था और चार लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए वेल well, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लगा बट अभी मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताने वाला हूँ कि कैसे दो दिन के अंदर मेरे अकाउंट में चार लाख रुपये हैं और ये पैसा आपके अकाउंट में भी आ सकता है तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा अभी मैं अपना मोबाइल फोन ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ सो दैट एडिटर आपको एक्जैक्टली exactly दिखा पाएगा कि जो मेरे मोबाइल फ़ोन पर चल रहा है तो मैंने सुबह सुबह अपनी ई चेक करे जब मैंने जीमेल खोला तो मैं क्या देखता हूँ मेरे पास कुछ मेल्स आए हुए हैं ये देखिए यहाँ पे 12 मेल से शुरू होता है 921 पे फिर 100 मेल 200 300 400 500 600 700 ये सात मेल नहीं है ये सौ सौ ई हैं जब 100 हो जाते हैं तो दूसरे ईमेल पे आ जाता है तो इस तरीके से सात सौ लोगों का ई आता है मेरे पास ये अब शौकस की तरफ से आता है और इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए आप कि सतीश कुमार ने अपस्टॉक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया है इसका मतलब यह है कि पाँच सौ आपके अपस्टॉक के रेफर अन वॉलेट में डाल दिए गए हैं आप वहाँ पे जाके इस पैसे को अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं या आप देख सकते हैं ये मेरे पास नो रिप्लाई एट द से मिला हुआ है ऐसे मेरे पास सात लोगों के पैसे आए हैं मैं एक्जैक्टली exactly वही करता हूँ जो आप करेंगे कि मैं अपना अपशॉक्स खोलता हूँ या ऐसे अपशॉक्स खोल जाता है आप सबका भी खोलेगा ऐसे ही उसके बाद में प्रोफाइल बटन पर क्लिक करता हूँ रेफर अन पे जाता हूँ योर अर्निंग्स एंड रेफरस पे जाता हूँ एंड जो मैंने देखा वो एक्जैक्टली अभी आप देखेंगे कि यहां पे चार लाख फोर लाख सेवेंटी वन थाउजेंड रुपीज मेरे अकाउंट में आ चुके हैं मतलब मोटा मोटा पौने पांच लाख रुपए हो गए अभी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें सेवेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज थे इस वॉलेट में और मैंने लोगों को बोला था अभी डेढ़ दो लाख रुपए और आने में गलत सोच रहा था डेढ़ दो लाख नहीं है ज्यादा आ गए और अभी जो दो तारीख को जो मैंने वीडियो डाला उसमें जो रेफर का पैसा आएगा आप ये मान के सिले तीन चार दिन बाद आता है तो छह या सात तारीख को वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा मतलब पांच दस लाख रुपए और आने बाकी हैं मैंने आपको उस वीडियो में बोला था, था एक्टली जब और पैसे आ जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कि पैसे आ रहे हैं अब ये पैसे तो मेरे पास आ रहे हैं और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ किस चीज आ रहे हैं अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो बताऊंगा ये इनफॉर्मेशन आपके बहुत ज्यादा काम किया और जैसे मैंने बोला था ये पैसा आपके पास आ सकता है सो अब ये क्या चीज ये पैसा आ क्यों रहा है आई विल क्लियरली स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बता देता हूँ देखिये अब स्टॉक जो है ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है क्या सर्विस प्रोवाइड करती है कि अगर आपको शेयर्स खरीदने होते हैं या आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना होता है या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने होते हैं तो ये एज अ मिडल मैन काम करते हैं तो अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर खरीद सकते हो क्योंकि आप शेयर्स अपने बैंक अकाउंट से नहीं खरीद सकते आपको एक डीमेट इंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है तो ये आपको अपशॉक्स प्रोवाइड कराता है अपशॉक्स बहुत बड़ी कंपनी है बहुत सालों से कंपनी चल रही है इस कंपनी में रतन टाटा ने भी फंड दिया हुआ है अभी आपने आईपीएल देखा होगा तो आपने देखा कि किस ने वहां पे भी प्रमोशन दिया हुआ है ना अपनी मार्केटिंग कराना चाहता है अब मार्केटिंग में कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। तो अपस्टॉक्स क्या कहता है कि अगर लोग ही हमारी मार्केटिंग करें तो कैसा रहेगा अगर लोग मार्केटिंग करेंगे तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाएगी और हम इसमें लोगों को रिवॉर्ड दे सकते हैं तो वो अपने के अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो कि आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग करो या अपना अकाउंट खोलो तो आप पांच कमाएंगे अब बड़ी बात ध्यान से समझेगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है उस लिंक के थ्रू अगर आप जाते हो पे जब मैंने अकाउंट जातेवाया था पे तब मैंने पैसे दिए थे तब उसमें चार्जेस होते थे बट अभी अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे तो यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आप पैसा कमाएंगे जरूर बट ना मैं आपका एक रुपये लगने दूंगा और ना ही जिन लोगों को आप रिकमेंड करने वाले हो उनका हम एक रुपये लगने देंगे मतलब जैसे बोलते ना एक्जैक्टली जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कि बिना एक रुपया लगाए आप पैसा कमाओगे ये जो भी पैसा आया मेरे अकाउंट में मैंने एक रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी इनफैक्ट जिन लोगों को मैंने रेफर किया उन्होंने एक रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी ये मैंने फ्री अकाउंट आपको ओपन करवाया फ्री अकाउंट आप इस पे ट्रेडिंग करोगे तो बहुत ही कम इनके चार्जेस है ब्रोकर चार्जेस बीस अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो और अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते तो ये पैसे भी नहीं लगेंगे मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से आप किसी का भी अकाउंट खुलवा सकते हो और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप भी अपना अकाउंट खोल सकते हो अब ये तो यहाँ पे समझ आ गया कि कंपनी चाहती है कि उसकी मार्केटिंग हो अब आपके लिए क्या बड़े ध्यान से समझेगा देखिए मेरे पास पैसे आ रहे हैं ये जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये जो पैसे आ रहे हैं ना ये जो आप शॉक के लॉग इन आई हैं ये मैं अपनी वाइफ को देने वाला हूँ और उसे बोलने वाला हूँ भाई ये अकाउंट है ये तो ले लें कुबेर का खजाना है क्यों है क्योंकि इसमें पैसे आते रहेंगे अभी मैंने दो तारीख को जो रिव्यू डाली थी उस दिन का जो रेफर हुआ उसका पैसा नहीं आया मेरे पास वो भी आएगा और जो आज भी वीडियो है इसके भी पैसे भी आएंगे तो इसमें आप जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे अब इश्यू क्या है इस, इस अकाउंट के साथ कि आप रेफर में सिर्फ पाँच हारे दिन का निकाल सकते हो अब बहुत ज्यादा पैसे भी आ जाएंगे अभी यही पैसे निकालने में नब्बे दिन लगेंगे तो आप देख सकते हैं अगर मैं व्यू हिस्ट्री पर जाता हूँ यहाँ पे मैं दोबारा से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ सो दैट आप देख पाएंगे यहां पर जब मैं व्यू हिस्ट्री पर जाऊँगा तो आप देखेंगे जब मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 30 तारीख को मैंने पांच हजार रुपये विड्रॉ उसके बाद तीन तारीख को और चार तारीख को अभी यहां पे दोबारा से पांच तारीख को रिक्वेस्ट डाल दी है तो जब ये पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट फॉर दॉल फाइव थाउजेंड इज बीन प्रोसेड ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो ये आज दोपहर तक फिर से मेरे में आ जाएगा। अभी क्या तारीख हो रही है यू सी आज फिफ्थ है 5th of, uh, बारह बजकर चौदह मिनट हो रहे हैं। तो यू कैन सी कि आज ये पैसा आया हुआ है कल और आ जाएगा ये रोज बढ़ता जाएगा तो मैं अपनी वाइफ को देने वाला हूं कि भाई तू ये ले अपना जो राशन पानी का इंतजाम है इससे होता रहेगा आराम से घर में दूध ब्रेड आना है पांच हजार से रोज निकालते रहो, और आता रहेगा यह तो मैंने उसे दे दिया बिकॉज आई डोल डू इज नॉट अट्रीम इकम बट दिंग इज पहले मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था मेरी अब में डायरेक्टली बात हुई है एंड मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कोई अपर लिमिट तो नहीं है कि कितना पैसा कमा सकते हैं कितना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं उन्होंने बोला सर कोई अपर लिमिट नहीं है जब हम आईपीएल में स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं आप सोचिए वहां पे हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो वो करोड़ों रुपए क्या हम लोगों में नहीं बाट सकते डेफिनेटली सकते हो सो देर कर दीजिए मनी ना हो जब आपके पास ज्यादा तो इस पैसे को पार्टनर प्रोग्राम ऑल्सो एंड यू केन डू दैट बट मैंने आपको रेफर एंड अर्न के साथ क्यों बताया देखो आप पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू जाते आपको पैसे देने पड़ते यहाँ पे मैंने बात करो इन्वेस्टमेंट तो अगर आप जो नीचे लिंक है उससे जाते हो तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में अकाउंट खोलता है और स्टॉक मार्केट से पैसे, नहीं लगते। आपको पैसे नहीं कि तो के ऊपर स्टॉक इन्वेस्टिंग करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो तो तभी तो आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा तो क्यों ना ये आप आज ही खुलवा लो और लोगों को बोलो कि वो भी खोल लें अब इसमें आपका क्या फायदा बड़े ध्यान से समझेगा देखिए मैंने बोला ये पैसे तो मैंने कमा लिए बट आई वॉन्ट कि पीपल शुड अर्न जेन्यनली इंटरनेट पे जब लोग पैसे कमाने की बात करते हैं ना पहली बात तो 100 200 500 रुपए की वीडियोस होती हैं और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ लाखों रुपए पहली बात तो लोगों को विश्वास नहीं होता बट दिस एंड मैं उनको कोई पेड़ प्रमोशन नहीं कर रहा मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं आपको दिल से प्रमोट कर रहा हूं उस चीज को क्योंकि मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अगर पैसे आए ये एक्स्ट्रा इनकम बोनस है मैंने एक्सपेक्ट किया था ये मेरी मेन इनकम नहीं है बट ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अभी से समझे जो ये वीडियो है जैसे अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो पे हमने सीसी दिया हुआ सीसी मतलब क्रिएटिव कॉमेंट्स और जो हमने दो तारीख को वीडियो डाली थी उसके ऊपर भी हमने क्रिएटिव कॉमेंट्स कर दिए मतलब अगर आप इस वीडियो को यूज़ करते हैं आप इस वीडियो को WhatsApp पे Facebook पे YouTube पे शेयर करते हैं तो हम आप पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे आप आराम से इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो और शेयर करने के बाद मैं आपको बेनिफिट क्या दे रहा हूँ कि आप अपना जो नीचे लिंक है उससे अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए और उसके बाद जब आप वीडियो डालेंगे तो जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तभी आप रेफरल अन कर सकते हैं तो जब आप अपने रेफरल अन सेक्शन पे जाएंगे बड़ा आसान है मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत आसान है आई विल शो यू अगेन बिकॉज लोग इसे अपने आप करना चाहते हैं तो मैं अगेन आपको दिखा रहा हूं जब आप अपस्टॉक्स पर जाओगे उसके बाद आप रेफर एंड पे जाओगे यहाँ पे जाके अपना लिंक बना लेना जैसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप अपना लिंक और आप किसी को भी भेज सकते हो उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो एसएमएस करना चाहते हो लिंक मिल जाएगा आपको आप अपना ये वाला लिंक वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा सो so, उससे होगा क्या आई डो नाट वॉन्ट की मैं इतना मतलब ग्री डी बन जाऊंगी सारे पैसे मैं कमा लू आई वॉन्ट यू टू वन मनी सो अब देखिए क्या है कि क्योंकि मैंने क्रिएटिव कमेंट्स दिया हुआ है आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं आप अपना लिंक डाल दीजिए अब है क्या चीज जब आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो डालोगे जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो वीडियो कंपैरेटिवली दूसरी वीडियो से ज़्यादा चलती है लोग उसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीडियो पर व्यू ज़्यादा कैसे आएँ एक और मैं लिंक दे देता हूँ ये बटन पर आप देखिए कि किस तरीके से यूट्यूब और फेसबुक की वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं अगर आपके यहाँ पे थोड़े बहुत व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं अपनी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर वीडियो डाल दी आपके वहाँ पर तीन फ्रेंड्स हैं और उन तीन में से आप मान के चलिए पचास लोग रजिस्टर कर देते हैं आपको पच्चीस हजार रुपए मैं इनफैक्ट आपको ये बोलूंगा क्योंकि ये के लिए इट गुड वे अभी क्या है कि एफिलेट मार्केटिंग बहुत लोग करते हैं या लोग बहुत कुछ प्रमोट करते हैं बट जब भी हम कुछ प्रमोट करते हैं हम एफिलेट मार्केटिंग भी करते हैं होता क्या एफिलेट मार्केटिंग करने में एक तो जब आप एफिलेट करते हो तो एफिलेट हर किसी का रजिस्टर नहीं होता इतनी आसानी से जितनी आसानी से अकाउंट बन रहा है दूसरी चीज सामने वाले को पैसे देने पड़ते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है और तभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं Otherwise, जब तक तो सामने वाला पैसे नहीं देगा आपके मार्केटिंग में, आप में पैसा लगा रही है वो पैसा कंपनी दे दी तो एक्चुअल में जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार की जीरो से आप पैसे कमा सकते हो इट इज प्रूव ना आपको समझिएगा आपने चलिए कमा लिया क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है हम कैसे लोगों को प्रमोट करेंगे मेरी बात को समझो जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं हम अपनी लिस्ट बनाते हैं आज अपने फोन में जाते हो, आपके पास कॉन्टैक्ट है लाइट से, आपके पास दो सौ कॉन्टेक्ट आप एक लिस्ट बना लीजिए कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी है और वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एंड इनफैक्ट अगर आप उन्हें एक अवेयरनेस दोगे कि भैया अपना फ्री अकाउंट खोवा लो तुम्हारा एक रुपया नहीं जा रहा और अगर आप अपना फ्री अकाउंट खुलवा लेते हो ये लिस्ट में आपने एक दो तीन चार करके नाम डाल दिए इन लोगों को एक एक करके कांटेक्ट कर लो क्योंकि तो आपको पाँच पाँच सौ रुपए हर बंदे से मिल रहे हैं तो अगर आपने दिन में दस लोगों से इस तरीके से बात करी तो पांच हजार रुपए आपने कमा लिए अब जब लोग कमेंट करते हैं ना कि सर कोई ऐसा तरीका बता दो अभी घर में बहुत आ, मुश्किल हालात चल रहे हैं पैसे चाहिए पांच दस बीस रुपए इमिडियटली चाहिए देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अभी मैं खुद बोल रहा हूँ अगर मैं सिर्फ वीडियो डालूंगा ये तरीके आपको नहीं बताऊँगा तो मुझे तो पैसे आते ही रहेंगे बट ठीक है पुष्कर कमा सकते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में लोगों ने बोला आपके लिए तो बहुत आसान है तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ आपके लिए भी आसान है बट द थिंग इज मैंने अपनी ऑडियंस को ग्रो किया हुआ है बट जो आज आपके पास ऑडियंस है उसे तो कम से कम आप एक अच्छी चीज प्रमोट कर सकते हो और अगर प्रमोट करने के पैसे मिल रहे हैं तो ये पैसे कमाओ अब दूसरी चीज़ जब आप अपनी लिस्ट बना लेते हो आप उन लोगों को बोलो देखो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को तो बोल ही सकते हो मैं आपको खुद ये दिखा देता हूँ मैंने एक्जैक्टली जब मेरे पास सुबह सुबह पैसे आए मेरी कल सिस्टर पूछ रही थी मुझसे कि भैया ये जो आपने वीडियो डाली थी पहले उसमें कैसे पैसे, पैसे आ रहे हैं मैंने उसे सुबह सुबह एक स्क्रीनशॉट भेजा और मैंने बोला तो को जितने लोगों के अकाउंट खुलवाने तो खुलवा दे तो खुलवा दे बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को बोल रहा हूँ कि अकाउंट खुलवाने से यहाँ पे रिवॉर्ड आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं तो भाई तुम भी अगर दस 15 लोगों को बोल देते हो अपने सर्कल में मेरी आ, सिस्टर अपने सर्कल में बोल देती है और उसके पास 15 से 20 आ जाते हैं वेल ऐसा नहीं है ज्यादा कम कुछ होता है बात है अगर प्रमोट करने के पैसे मिल रहे हैं तो कमा लो कंपनी के पास इतनी बड़ी फंडिंग है अब आप सोचोगे अब सो इतने पैसे दे के हो रही है कंपनी के पास बहुत बड़ी फंडिंग है यार। रतन टाटा ने फंड को कंपनी को अपने यूजर्स बढ़ाने और क्योंकि कंपनी को अपने यूजर्स बढ़ाने हैं इसीलिए ये प्रमोशन दे रही है बट दिस इज नॉट फॉर ये भी मेरी बात हुई कंपनी से अभी ये चल रहा है इनका ऑफर कि ये पाँच सौ दे रहे हैं जब इनके पास इतने यूजर्स हो जाएंगे जितने इन्हें चाहिए हो सकता है ये इसे कम कर दें या देना भी बंद कर दें तो इट इज़ नॉट फॉर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इट इज नॉट अ फुल टाइम बिजनेस की आप जिंदगी पर करते रहो बट जब बात आती है लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना है पैसे है भी नहीं लगाने के लिए क्वेंटफल अपॉर्चुनिटी आप गिवन यू तो अपना अकाउंट खोल के अपना लिंक जनरेट कर लो इतना तो कर सकते हो एंड अगर आप ये कर लोगे तो उससे होगा क्या आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे अपनी एक लिस्ट बना लो और लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दो अपना लिंक लगा लो लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दो जब पैसे आने शुरू हो जाएं एक काम जरूर कीजिएगा देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मेरा लिंक लगाओ मैं बोल रहा हूँ अपना लिंक लगा लो पैसे आपके पास आएंगे तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाल के टैप कर देना एट द मेरे को इंस्टाग्राम पे टैप कर देना तो जब आप मुझे टैग कर दोगे मुझे दिखता रहेगा कितने लोग पैसे कमा रहे हैं मुझे भी बड़ी खुशी होती है अभी मैंने ना आपको सिर्फ अपस्टॉक के बारे में बताया है आने वाली वीडियो में ना आम टू टॉक अबाउट देर मल्टीपल वेस देखो मैंने बोला दिस इज नॉट माय मेन स्ट्रीम इनकम मुझे अच्छा लग रहा है कि पैसे आ रहे इस महीने हो सकता है आप शॉक से मुझे तीस चालीस पचास लाख रुपए आ जाएंगे बट अगेन इट इज नॉट अ मेन स्ट्रीम इनकम बहुत और भी जगहों से मुझे पैसे आते हैं तो स्टेप बाई स्टेप आई विल टेल यू जो काम आप कर सकते हो जो आपकी रीच में है जिससे आपको पैसे आ सकते हैं आई विल शेयर तो आपको कैसे पता लगेगा